में बदनाम करते हैं उनके शहर में चर्चे कराने हैं और अभी मिली नहीं है मंजिल जो जलते हैं अभी वो और जलाने हैं वो के समाज जहाँ जाकर तुम्हारी अकल सोचना बंद कर देती है ना वहाँ से हमारे दिमाग की शुरुआत होती है तेरा बाप